दिन न, न, न, न, न, न, भाई, मत कर। आराम से बात करते है नाथ मिलाते है हाथ मिलाना जानते हो हम हाथ मिलाना भी जानते हैं हाथ उखाड़ना भी यार, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा अरे हम, हम, तुम हम लोगों तुम लोगों ने तुम्हारा तुम पाकिस्तानी खून नहीं बहाया था क्या कर लोगे और अभी तो इतनी गोला बारी करेंगे कि तुम्हारा सारा हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा प्रसाद ऐसी बचेगी है और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग भाई लोग? भाई रहने दे यार अब क्यों बेइज्जती कर रहे हैं हमारी उसकी होती है जिसकी को हो, आ, कोई इज्जत हो नहीं, नहीं है लेकिन हम गरीब इसलिए है क्यूँकी बंटवारे के वक्त तुम लोगो ने कुछ नहीं दिया था जानती है की बंटवारे के वक्त हम लोगो ने आप लोगो को पैसठ करोड़ रूपए दिए थे तब जाकर आपके सर पत्थर पा लाई थी हाँ ये बात तो तो सही है यार हम शुरू तो से ही ही मंगे लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे हथियार हैं मैं तुम्हारे पूरे को खत्म बाय बाय बाय आराम से मैं तो बस मजाक कर रहा था यार लेकिन तू चिल्ला और जोर से चिल्ला अब तू मुझे मार भी नहीं सकता क्योंकि सुना है तुमने हथियार छोड़ सिर्फ हथियार छोड़े है चलाना नहीं भूले अरे अरे तो भी हमारी फौज बहुत बड़ी है हमारी फौज के सामने तू हथियार चला भी क्या कर ले तुम लाशे